काम का ना काज का तू का है दुश्मन नाच का म्यूजिक म्यूजिक की पूरी बना रहे हैं। friends, channel, But, तो कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब घर में होंगे सेफ होंगे और अच्छे होंगे मैं भी घर में हूँ सेफ हूँ और फिट एंड फाइन हूँ आप देख ही सकते हैं और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लाग डालने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप घर में हैं तो आप बोल ना हों तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया व्लाग डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस व्लाग को देख और इन्जॉय कर सकें तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा ही व्लाग लेकर आई हूँ और इस व्लाग में क्या क्या होने वाला है उस दे, उसे देखने के लिए आपको इस व्लाग को एंड तक देखना पड़ेगा और फ्रेंड्स कोई भी पार्ट मिस मत करना इस व्लॉग में काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें होने वाली हैं तो फ्रेंड्स अभी सुबह के बज रहे हैं सात फ्रेंड्स मैं रात में कल लेट्स वो थी नौ बजे तो इस वजह से आज मैं सात बजे उठी वरना मैं छः बजे उठती हूँ तो अब सात बज गए हैं तो मैं ब्रश वगैरह करके तैयार हो गई हूँ तो अब मैंने ब्रश वगैरह कर लिया तो अब मैं जाऊंगी अपना बेड सेट करने के लिए तो अभी मैं बेड सेट करने के लिए जाऊंगी फ्रेंड्स तो इसी से हम अपने ब्लॉग की अब शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स so, last... तो लास्ट देखा कि जो मैंने सारे ब्लैंकेट हैं वो समेट कर रख दिए हैं और मैंने चारपाई की जो चद्दर बिछे हुई थी वो भी सही कर दिए और चारपाई अलग साइड में खड़ी कर दी है तो फ्रेंड्स वैसे तो मैं रोज़ अब ब्लैकेट समेटती हूँ बट आज मैंने सभी के समेटी हुई क्योंकि मम्मी भी सुबह से काम कर रही हैं तो मैंने उनकी हेल्प करने के लिए आज सभी के ही ब्लैंकेट वगैरह चारपाई वगैरह सही कर दी हैं और जो मेरे पापा है वो भी काम पे गए हैं वो बजा जाते हैं सुबह चार बजे और ग्यारह बजे आते हैं तो इसीलिए वो वहां पर गए हैं तो अब मम्मी जो हैं वो तो नीचे बर्तन साफ कर रहे हैं तो उन्होंने हमें छत बेच दिया है एक काम देकर तो वो क्या काम है वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ फ्रेंड्स मम्मी ने कल शाम को कनक भेजी तो आज मम्मी ने हमको छाने के लिए कल सुखा भी दी थी और आज भी ढूँक गई है पर अब मुझे कहते हैं छान के मीस रख देखो आटा पिसा सके तो अब हमें ये काम करना होगा तो मैं अब ये काम कर देती हूँ तो फ्रेंड्स आप देख रहे थे कि हम कनक जो है वो साफ कर रहे थे छान रहे थे और ये देखो ये दोनों बहन भाई मिलकर चिलगोजे आ गए है मेरा काम तमाम करने यानी ये सत्यानाश करने आ गए हैं देखिए देखिये क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों दोनों के दोनों इतना कनक फैला रहे हैं ना कि मम्मी आकर हमें ही डांटेगी काम करेंगे ये फ्रेंड्स और डांट हमें पड़ेगी क्यूँ क्या कर रहा है काम का न काज का तू है दुश्मन अनाज का है। काम का ना काज का तू है दुश्मन नाच नाच का को बार बार फेंक रहा है क्यों फेंके जा रहा है उसे तुझे कोई काम नहीं है है क्या जो आ जाता है बीच में टांग के लिए। तुम लोगों को क्या है यार तुम लोग देखना फैंड कैसे पागलों की तरह कर रहे हैं ये बहुत ही बदतमीज हो गए हैं आज तो कितना मतलब कनक फैला दे रहे हैं सारी की सारी कर भी क्या सकते हैं फ्रेंड्स ये ऐसे ही हैं पागल से ये दोनों ये दोनों ना आपस में मिलजुल कर रहते हैं और आपस में जो कुछ करना होता है वो करते हैं फ्रेंड्स पता है एक बार इन्होंने ना जो शीशा होता है वो तोड़ दिया था और इन्होंने ना किसी को भी नहीं बताया और जो डस्टबिन उसमें फेंका जाकर दोनों ने किसी को भी नहीं बताया और हम लोग शाम को वो शीशा ढूंढते रहे जब चोटी करने की बारी आई तो जैसे तैसे जब मम्मी ने डस्टबिन में कचरा फेंक निकले गई तब देखा कि उसमें शीशा टूटा उठा लगा तो ये जो दोनों है ना वो सलाह में रहते हैं कोई भी काम कर देते हैं कुछ भी तोड़ देते है तो कभी किसी को नहीं बताते डस्टबिन में फेंक आते हैं जाके तो फ्रेंड्स इन सब का तो चलता रहेगा तो मैं अपने इस ब्लॉग को अब आगे बढ़ाती हूँ फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं कि जो ये जो दोनों हैं जो अपने साथ ही खेल के वो नीचे आ चुके हैं फ्रेंड्स जो छत पे मैंने जो सारी जो कनक है वो साफ कर ली थी और सारी साफ करने के बाद इसने फैला भी दी थी कुछ फिर मम्मी ने इन्हें नीचे बगा दी क्योंकि इन्होंने कनक फैला दी और ना फैला दें इसीलिए अब ये जब हम नीचे आए तो हमने देखा कि इन्होंने अपना एक अलग ही नई शतानी शुरू कर दी है इन्होंने अपना एक पता नहीं किसका घर बना लिया और ये सब्जी रोटी करके खेले जा रहे हैं और इनका घर देख खाती हूँ फ्रेंड्स ऐसा है कुछ पता नहीं इन्होंने कैसे बनाया है ये मनु नहीं बनाया होगा क्योंकि इसे तो बिल्कुल भी नहीं आता ये तो बस खेलने वर गई है और इनका जो घर है वो उड़े जा रहा है बार बार पता नहीं इन्हें क्या ही अच्छा लगता है ये खेले जा रहे है बस और ये पत्तों की सब्जियाँ पूरी कचौड़िया बना रहे है ये पत्तों की सब्जिया पूरी कचौड़िया बना रही है सब्जो की पूरी कचौड़िया बना रहे हैं music, music. और फ्रेंड्स इनका जो घर है वो तो गिर गया अरे तू बाहर निकल जा अब क्या इसी में रह जाएगी इनका जो घर था वो सारा बिगड़ गया है तो मुझे तो बहुत ही मजा आया फ्रेंड्स इन लोगों के साथ अब देखो इसे गुस्सा आ गया अब ये भाग जाएगा मुझे लग रहा है इसको इतनी तेज गुस्सा आ... क्यों बाबू कैसा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा, अच्छा लगा। इसमें इसको मजा आया मुझे लगता है अब ये रोने वाला है इसको चिढ़ हो रही है फ्रेंड्स इसका घर गिर गया है जब तक ये रोता है तब तक के लिए मैं आपको अब आप दिखाऊंगी लंच की तैयारी मम्मी जो है वो लंच की तैयारी करने लगी है और आज मम्मी टिंडे की और परमल की सब्जी बना रही है मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे टिंडे को क्या बोलते हैं और हमारे यहाँ टिंडे ही बोलते हैं तो उसकी सब्जी बना रही है तो मैं आपको उसकी रेसिपी भी दिखाती हूँ तो चलिए चलते हैं तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं कि जो मम्मी हैं उन्होंने टिंडे की सब्जी बना रही हैं वो चूल्हे के ऊपर ही हम बना रहे हैं तो हमारी जो गैस है वो ख़त्म हो गई है जब सिलेंडर भरने वाली जो गाड़ी आएगी तब हम भरवाएंगे तब हम बनाएंगे तब तक हम चूल्हे पर ही खाना बनाएंगे तो ये टिंडे हैं देखो कितने अच्छे पक रहे हैं और अब थोड़ी देर बाद मम्मी इसमें सिलबटने पर पिसा हुआ मसाला डालेंगी और उस मसाले में क्या क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगी फ्रेंड्स घर बसा नहीं की लुटेरे पहले आ गए मतलब रोटी बनी नहीं कि खाने वाला पहले आ गया है अभी तक इसने नहाया नहीं है फ्रेंड्स लेकिन ये खाना खाने के लिए देखो पहली रोटी पे मम्मी से मांगने के लिए आ गया भूख सा ना हो तो ये सच में फ्रेंड्स बहुत ही बुकड़ा है ये दिन भर खाता रहता है दिन भर इसका मुंह बंद नहीं रहता अगर अगर मम्मी ने इसको किसी भी चीज के बारे में बता दी यानी कि अगर बोल दे कि आज गोलगप्पे आने वाले तो पूरे दिन वो यही बात करता रहेगा और अगर हम कहेंगे कि हम पार्क में जाने वाले तो पूरे दिन वो पार्क पार्क मम्मी कब जाएंगे मम्मी कब जाएंगी ये ऐसा ही फेंड्स है तो अब मम्मी जो है वो रोटियाँ बना ले रही है अच्छे से तो फ्रेंड्स मैंने भी नहात लिया है और नाश्ते की मैंने बनाई नहीं ब्लॉग इसमें पार्ट नहीं डाला है क्योंकि नाश्ते में सिर्फ हमने चाय ही पी थी और फ्रेंड्स आप सब ने नाश्ते में आज क्या खाया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना तो ये जो तन्नू है वो सारी रोटियां ऐसे ही मम्मी बना लेंगी तो अब मैं आपसे मिलूँगी आउट में सॉरी फ्रेंड्स मैंने बोला था कि मैं आपसे आउटरो में मिलूंगी पर जी, जब ये खाना खा रहा तो मुझसे रहा दी गई मुझे लगा आपको भी दिखाना चाहिए कि ये बुक्कर खाना खाने आ गया तो और देखिए तो इतना खाना तो मैं मतलब इतनी रोटियां तो मैं भी नहीं खाती और ना ही इतनी सब्जी मैं खाती हूँ जितनी ये लेकर बैठा है कैसी बनी है टेस्टी लग रही है तो मुझे खिलाओगे खिलाओगे पर मैं तो नहीं खाऊंगी तुम्हारा जूठा बेचती है फ्रेंड्स देखा अपने इसने नहाया तक नहीं है और खाना खाने के लिए बैठा है पेट पूजा करने के लिए पाप चढ़ेगा भगवान जी तुम्हें पाप देंगे तुमने नहाया भी नहीं है फ्रेंड्स ये देखना कैसे सरमार रहा है और ये फ्रेंड्स मैंने बोला था ना रात की दाल है तो वो ये दाल खा रहा है रोटी खा रहा है और टिंडे की सब्जी भी ये जिद करके मम्मी से ले आया है अब ये खाएगा या नहीं खाएगा ये किसी को भी नहीं पता इसको खुद को भी नहीं पता क्योंकि ये सब्जी टिंडे खाता नहीं है छोड़ देता है खा रहा है फ्रेंड्स देखते है कैसी बनी है बताओ जल्दी खाके टिंडे की कैसी बनी है अच्छी बनी है तो फ्रेंड्स ये मम्मी ने जिस स्टाइल से बनाया टिंडे स्टाइस अच्छे ही बनते हैं मुझे भी काफी डिलिशेस लगे तो मैं भी थोड़े से खाकर देखूंगी अगर आपको भी पसंद आई हो रेसिपी तो मम्मी की रेसिपी से ही आप टिंडे बनाना शायद आपको भी टिंडे अच्छे लगने लग जाएं फिर तो अब मैं आपसे मिलूंगी आउट में तो फ्रेंड्स जैसा की आपने देखा की जो हमने लंच है वो चूल्हे पर रेडी कर दिया था लंच में हमने की सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी और शाम की दाल भी पड़ी तो वो भी हम लंच में ही खा लेंगे तो ये हमारा बस सिंपल सा लंच था तो मैंने और कन्नु ने मम्मी ने अभी तक लंच नहीं किया है हम लोग दो बजे लंच करेंगे और इन लोगों ने यानी बाबू ने और मनु ने बबू तो ने और मन्नू ने जो लंच है वो अपना कर लिया आपने तो वीडियो में देखा ही होगा कि बाबू तो पहली रोटी सीखते ही आ गया तो, तो उसने अपना कर लिया और मनु ने जो फूक लग रही तो उसने भी कर लिया तो मैंने तो अभी नहा लिया है मम्मी नहा लेंगी हम साह पर दो बजे तक फ्री हो जाएंगे फिर हम करेंगे आराम से बैठकर तो यही था आज का ब्लॉग तो फ्रेंड्स आप सबको कैसा लगा ये ब्लॉग आई होप कि आप सबको ये जो ब्लॉग है मेरा वो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज मेरी इस ब्लॉग को लाइक कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि वो भी इस ब्लॉग को इन्जॉय कर सकें और हमारी लाइफ स्टाइल देख करके हम अपना जो पूरा दिन है वो कैसे गुजारते हैं और तो यही मैं अपना ब्लॉग एड करती हूँ आपको जो भी पार्ट इसमें अच्छा लगा हो पार्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है और अगर आपको मेरी ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो कमेंट में बताना ताकि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए बनाती रहूँ आप लोग मुझे Friends, मुझे सपोर्ट करना फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत आगे जाऊंगी आप लोग ही हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मुझे आगे बढ़ा सकते हैं अगर आपको अगर मेरा तो प्लीज लाइक कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है तो मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मैं और अच्छे ब्लॉग और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊं और मुझे ऐसे ही फ्रेंड्स अच्छे से सपोर्ट करते रहना क्योंकि तो मैं आज का ब्लॉग अपना एंड करती हूँ तब तक के लिए टेक केयर स्टे सेफ एंड बाय बाय थैंक्स फॉर वाचिंग